मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन नादत् बनेंगे उसी दिन ही छोड़ वो हसने ना देंगे तुम्हें रोने ना देंगे पल पल बाद याद आएंगे सोने ना देंगे ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल ही में तोड़ देंगे परंपरा सो सॉन्ग इज आउट इउट जाइए YouTube पे सुनिए ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाके सुनिए और कॉमेंट करिए कैसा लगा मेक छोड़ देंगे छोड़ देंगे,